आपको बताएँगे बायोडाटा यानी रिज्यूमी कैसे बनाते हैं आप अपने मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर से इजिली आप रिज्यूमी बना सकते हैं आप कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा सबसे पहले करना क्या है आपको गूगल अकाउंट लॉगिन कर लेना है गूगल में जाना है उसके बाद हमको यहाँ एट पॉइंट मिलेगा उसको ओपन करना है या प्ले स्टोर से डॉक्स एप इंस्टॉल भी कर सकते हो या आपका पास कंप्यूटर होगा तो इसलिए आपको मिल जाएगा देखने को एट पॉइंट्स में सबसे पहले डॉक्स पर क्लिक करना है ओपन करना है ये ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको एक ब्लैंक का ऑप्शन मिलेगा उसके बगल में रिज्यूमे का फॉर्मेट मिलेगा रिज्यूमे का फॉर्मेट क्लिक करेंगे हम ये हमारा रेज्यू फॉर्मेट ओपन हो गया आप सबसे पहले यहाँ अपना नाम इंटर करेंगे जैसे मेरा नाम हो गया दुर्गेश आपने नाम दुर्गेश डाल दिए उसके बाद एक्सपीरियंस एक्सपिरंस मतलब हमने कहाँ से आ, कभी काम किया है कि नहीं किया है वो हम डाल सकते हैं इससे पहले जो कंपनी का नाम है जहाँ हम काम कर सकते किए थे वो हमारे लोकेशन और कंपनी का नाम डाल सकते हैं यहाँ तो हम जैसे डालेंगे हमने पहले रिलायंस कंपनी में काम किया था तो सबसे पहले रिलायंस डालेंगे रिलायंस जॉब लोकेशन डाल देंगे सिलीगड़ी सिलीगड़ी मंथ प्रजेंट मतलब पहले हम कितना तारीख को ज्वाइनिंग किए और कब छोड़े और प्रजेंट में है या नहीं है वो एंडिंग डेट डाल देंगे उस तो अगर दूसरा कंपनी है तो उसके बारे में डाल सकते हैं आप जितना कंपनी में काम किए हो उतना कंपनी का नाम यहां डाल सकते हो उसके बाद आ जाना है हमें एजुकेशन पे एजुकेशन के लिए हम कहाँ तक कहाँ से कहाँ तक पढ़ाई किए हैं इस्कूल नेम कब ने हमें एडमिशन लिया कब हमने डिग्री फाइनल कर ली उसका हमको यहाँ इंटर करना है रिजल्ट्स उसके बाद लाना दूसरा स्कूल ने डाल सकते हैं उसके बाद हमने कोई प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट पे, पे काम किया है तो प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं यहाँ उसके बाद आ जाएंगे हम ऊपर उसके बाद यहाँ हो गया हमारा एड्रेस ई मेल फोन नंबर यहाँ साइड में डाल सकते हैं वह इसके बाद हो गया स्किल स्किल में आता हम क्या क्या मुझे पता है क्या क्या स्किल आता है मुझे सबसे बड़ी लिसनिंग स्किल हम अच्छे से बात कर सकते हैं मैं कंप्यूटर का नॉलेज होगा कंप्यूटर स्किल डालेंगे बेसिक कोई भी स्किल आपको आता है वो उसके स्किल बारे में बता सकते हो नीचे आ जाएगा आपको अवार्ड कोई भी, भी आपको अवार्ड मिला हो तो उसके अवार्ड के बारे में जान सकते हो और उसके बाद लॉन्ग्वेज लैंग्वेज आपको कौन कौन सा लैंग्वेज पता है वो आप यहाँ बता सकते हैं और नेक्स्ट आ जाएगा हमारा ये सारा हमारा फिल करने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे और जो भी कहीं भी हम अप्लाई करना हो अप्लाई कर सकते हैं अगर अगर आप फ्रेशर हो तो आप फ्रेशर के टाइप भी बना सकते हो ज़्यादा भारी आपको रिज्यू बनाने की जरूरत नहीं है उसके बाद हम सेकेंड पेज में आ जाएंगे देखेंगे उसके बाद फिर से ओपन करेंगे गूगल गूगल साइड गूगल डॉक्स ओपन करेंगे उसके बाद हमें रिज्यूम का एक रिज्यम्यू मिलेगा और दो डिजिम का फॉर्मेट मिल जाएगा आपको इसको ओपन करके देखते हैं इसमें क्या मिलता है हमें इसमें इसमें भी इजीली आपको मिलने, मिलने मिल जाएगा आपको फॉर्मेट ये आपका सैंपल है सबसे पहले आ जाएगा यहाँ हेलो सर। हेलो सर माय नेम इज आई एम योर नेम मतलब माय नेम ही दुर्गेश कुमार यहाँ डालेंगे फिर यहाँ एड्रेस डाल देंगे स्किल डाल देंगे एक्सपीरियंस डालेंगे जॉब लोकेशन डालेंगे कहाँ काम करते हैं कब जॉइन किए एजुकेशन डालेंगे अवार्ड के बारे में डालेंगे ये होंगे हमारा सिंपल जो फ्रेशर है वो बना सकते हैं और जो हम पहले से काम कर चुका है वो तो इसमें डाल सकते हैं जो आप प्रोफेशनल लगेगा ये आपको गूगल में फॉर्मेट मिल जाएगा कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है आप खुद फ़ोन से भी बना सकते हो थैंक यू गाइड्स